नमस्कार गुड मॉर्निंग जोहार एजुकेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित तीसरी कड़ी में हम लोगों ने जाना था कि परिपक्वता क्या है तथा बाल विकास और परिपक्वता में क्या संबंध है हमने यह भी जाना था कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है आइए तो इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए हम लोग शामिल होते हैं एजुकेयर डिजी क्लास के अगली कड़ी में हां तो स्वागत है आपका एजुकेयर डिजी क्लास के इस चौथे कड़ी में इसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे कि बाल विकास के दौरान बच्चों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और साथ ही साथ हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि बाल विकास का आधार या नियम क्या क्या हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बाल विकास और शिक्षा सबसे पहले हम लोगों ने जाना था बाल विकास बच्चे क्या तो हम लोगों ने दिस है देखे था। था। देखे था। एक बीज के समान वो मान खाली नहीं है या खिलौड़ा नहीं है कि जितना चाहूँ भरे वो नहीं चलेगा जितना बताएगा वो क्या है बीज के सामान जैसे पौधे का बीज किसी भी पौधे का बीज जिस पौधे का बीज है वही पौधा बनता है उससे और उसके अंदर वो सारे गुण है सारी क्षमताएँ हैं जिस वृक्ष बन जाता है जरूरत क्या होता है उस बीज को उचित मात्रा में पानी नमी हवा उपलब्ध कराना मिट्टी उपलब्ध कराना है ना तो इस आधार पर हम बच्चे को इस रूप में लेते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए किसान के समान मालिक के समान कैसे न कि कुम्हार के समान वाली टोकरी बनाने वाले के समान है ना तो आप क्या करते हैं मिट्टी लाए मिट्टी से जो चाहे सो तो बना लेकिन हम किसी बच्चे को जो चाहे ऐसा होता है तो अपने घर के सभी बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर लेकिन क्या है वो तो दिल्ली बिल्ली का नहीं बल्कि तो बीच के है जो सब बीज में अलग अलग क्षमताएं तो नीम का बीज से नीम का ही पौधा बनेगा तो बच्चे बीज के समान है और हम एक किसान या जरूरत कुछ सही मिट्टी में लगाना सही पानी देना जिस पौधे जिस बीज को जितना पानी चाहिए उतना पानी देना उसको कब कोरना है कब सिंचाई करना है ये एक शिक्षक का है हमने ये भी जाना था कि वो बच्चा सिर्फ बीज के समान नहीं है बल्कि तो कैसा बीज है बीज है जो सामान्य बीज होता है पौधों का जो बीज होता है उसमें सोचने समझने निर्णय करने का या अपने आदत बनाने का क्षमता उसमें बच्चे जो होते हैं, उनमें क्या होता होता होता है? है, है मन बुद्धि और संस्कार है कि जैसे जैसे वो किसी एक बाल विकास की जब बात करेंगे हम लोग तो किसका विकास बच्चों का बच्चों का क्या चीज का विकास न सिर्फ उसके शरीर का विकास बल्कि उसके नल का विकास उसकी तो बुद्धि का भी विकास और उनके संस्कारों का विकास संस्कारों का विकास में क्या आ जाएगा उनका सामाजिक विकास उनका नैतिक विकास उनका चारित्रिक विकास उनका संवेदात्मक विकास सारी बातें हम लोग कर चुके हैं इसलिए लोग अच्छा हुए आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास को हमने समझा क्या होता है अब बाल विकास जो होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है बच्चों का जैसे जैसे विकास होते जाता है विकास होता है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन उसकी बात हम लोग आज करेंगे कि बाल विकास में होने वाला परिवर्तन दूसरा मुद्दा होगा गया चर्चा का बाल विकास का आधार क्या है हर चीज के विकास का कुछ आधार होता है कुछ नियम होता है उसी के तहत विकास होता है जैसे मान लिया विद्यालय भवन की बात करेंगे, विद्यालय परिसर की बात करेंगे, तो इसका एक नियम है कहाँ क्लासरूम होगा कहाँ प्रयोगशाला होगा क्लासरूम होगा उसकी लंबाई, चौड़ाई क्या होगी ऊंचाई कितनी होगी खिड़कियाँ सारे नियम के तहत होते हैं सड़क बनता है तो नियम के तहत बनता है तो बाल विकास का भी आधार है ये नियम तो उस पर हम लोग बात करेंगे और हम लोग ये बात करेंगे कि बाल विकास से कुछ सिद्धांत प्रत्येक का प्रत्येक प्रभाव का प्रत्येक प्रक्रिया का कुछ सिद्धांत होता है उस सिद्धांत के तहत वो घटित होता है तो बाल विकास होता है बच्चों का जो विकास होता है वो इस पर हम लोग यही चर्चा करें तो हम लोग शुरू करते हैं पहले बाल विकास में होने वाला परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन है आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से चार पॉइंट में चार अलग परिवर्तन बच्चों में होते हैं पहला परिवर्तन क्या है उसके ठीक है ना परिपक्वता की बात की थी क्या तो क्या है कोई जो सभी सभी सभी सभी विकास संपूर्ण संपूर्ण हो हो और शरीर संतुलित रूप से हो सकारात्मक ऐसा नहीं कि हाथ तो <laughs> हाँ मेरा बहुत बड़ा लेकिन एक पानी उठा तो हाथ का हाथ लम्बा हो गया पेट तो मेरा पूरा बड़ा हो गया पूरा वृद्धि हो गया पेट में वृद्धि लेकिन हम खाना खा रहे हैं दो से तीन रोटी खा हम लेकिन पहुँचा दे मतलब उसमें विकास मेजोरिटी नहीं है, हाथ में मेजोरिटी परिपक्वता नहीं दोस्त तो हमारे बहुत सारे हैं हजारों दोस्त हैं लेकिन किसी से हमको बनता नहीं है नहीं तो वृद्धि तो दोस्ती में वृद्धि हुई सामाजिक विकास अगर उ तो विकास है क्या परिपक्वता हमारे सामाजिक सामाजिक गुण में में में में में में की जो तो क्षमता हमारी उसे परिपक्वता परिपक्वता परिपक्वता परिपक्वता परिपक्वता नहीं है उसी तरह शरीर भी पैरों तो बात बात हमने थी क्लास बाद होने वाला परिवर्तन क्या करने का तो मतलब छोटा सा बच्चा है थोड़ा व्यस्त बन जाता है उसकी तो लंबाई बढ़ती है चौड़ाई भी बढ़ती है आकार भी बढ़ता है बच्चा दुखला पतला होता है थोड़ा सा थुण थुण हो जाता है किशोर अवस्था में जाता है अगर आगे बढ़ाएंगे किशोर अवस्था में लंबाई से बैठी होती है दिल छठहरा हो जाता है तो ये सब क्या होता है उसके आकार में परिवर्तन होता है और क्या परिवर्तन होता है अनुपात ये क्या होता है किस आगा आगा हाँ तो अनुपात क्या होता है दो राशियों की बीच जब तुलना करते हैं तो अनुपात होता है जिसे जब बच्चा जन्म देता है तो उसका जो पैर की लंबाई है और घर की लंबाई है और सर की लंबाई है उसका अनुपात कुछ और होता है चार। उसके हाथों का लंबाई पैर का लंबाई लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो पैर तो बढ़ता है तेजी से लेकिन हाथ उतना तेजी से जितना तो तेजी से मेरा मेरा कद बढ़ रहा है उतना ही तेजी से अगर हाथ भी भी तो पूरा नीचे लेकिन माथा उस अनुपात में नहीं बढ़ता उस तेजी से नहीं बढ़ता है बाल विकास में, में तीसरा है कुछ पुरानी आकृतियों का लोभ होता है उम्र बढ़ने के साथ बच्चों में कुछ जो पुरानी होती है वो खत्म हो जाता है तो जैसे क्या खत्म हो जाता है बच्चों का कुछ शरीर का ऐसा चीज होता है जो बड़ा होता है दांत जैसे दूध के दांत है वो खत्म हो जाता है उसके जगह पर नए दांत निकलते हैं ठीक है तो कुछ आकृतियों का क्या होता है जाता है और उसके लिए पुरानी दूध की दाँतें फूट जाती हैं और वहाँ पर स्थाई दाँतें निकल जाती हैं है बाल है बाल नाखून ये सब बढ़ता है और जब बच्चे बड़े होते हैं किशोर अवस्था में आते हैं तो नई आकृतियाँ आती और पुरानी आकृतियाँ लोग तो क्या है चार हमारा होने वाला मुख्य परिवर्तन शारीरिक अगर नियम के तहत नहीं दुर तो दुर्घटना होने की संभावना का नियम हेरफेर नहीं होता है हम लोग नियम बदल देते सड़क पर चलना है बाया तो कभी कभी दाया ही मार देते हैं तो दुर्घटना संभावना लेकिन प्रकृति अपना नियम नहीं खुद से नहीं बदलता हम करके बदल हैं, नियम तो क्या है बाल विकास ये प्रकृति स्वाभाविक चीज है तो वो भी क्या होता है नियम के कारण तो दो तरह का नियम है एक वंशानुक्रम और दूसरा मतलब क्या होता है एक जीत जो होता है माता पिता पिता का शुक्रानु और माता का अंडानु दोनों का गर्भ में क्या होता है संलयन होता है निषेचन संलयन होता है तो एक नया कोशिका बनता है जुग् बनता है और उससे क्या होता है फिर धीरे धीरे वो एक से दो दो से चार चार से आठ इस तरह से वृद्धि करते करते शरीर के अंदर गर्भ तैयार होता है फिर एक नवजात शिशु का जन्म होता है वो नवजात शिशु आता है उसमें गुण होता है माता का कि पिता का दोनों का माता का भी गुण है आप एक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं देखेंगे उसमें सिर्फ माँ का गुण है बच्चे का पशुता का गुण या एक भी ऐसा बच्चा आपको दिखाई देगा जिसमें सिर्फ पिता का गुण है और माँ का गुण किसी का अगर चेहरा मिल रहा है तो किसी की आदतें मिल जाएगी आ, मां आ, मां देखें। देखें। अगर आंखें माँ की तरफ से मिल रही है तो हो सकता है गोट उसको पिता की तरफ से मिल जाएगा अगर काम दादा जैसा है तो हो सकता है की ना जैसा ना जैसा हो जाए तो क्या होता है ये वंशा क्रम है कोशिका में जीन होता है जो कि ट्रांसफर होता है तो वो क्या होता है दोनों में लिए एक नया तरह का गुण पैदा करता है तो वो होता है उसका एक वंशा वंशानुक्रम का नियम है अभी और दूसरा है, है, है पर्यावरणीय नियम बच्चों के विकास मेंुक्रम जील के अलावा उस पर्यावरण का जो वातावरण है वो भी प्रभावित करता है जैसे हम जानते हैं कि अगर उसके जील में लंबा होना लिखा तो लंबा ही बोल लेकिन अगर खान पान बहुत अच्छा नहीं रहा तो अगर उसे छः फीट होना है तो हो सकता है कि साढ़े पाँच फिट ही हो पानी छः फीट अगर खान पान सही उससे थोड़ा प्रभाव वजन है? ठीक है अगर उसे मोटा होना है, तो मोटा होगा लेकिन अगर सही खाना पीना नहीं मिला तो उतना वजन उसका नहीं होगा वजन कम से का शिकार हो जाएगा हाँ लेकिन अगर जीन में है कि नहीं उसको नाटा रंगा है तो कितनों खिलाएंगे कितनों दवा कराएंगे बहुत कर नहीं थोड़ा हो सकता है एक दो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा पर्यावरण का प्रभाव तो हम लोग दो नियम दो आधार है बाल विकास का एक दूसरा कौन कौन सा नियम आता है पहला है समान समान जन्म देने का नहीं मतलब क्या होगा तो गाए गाए दे दे। हाँ कुा कु जन्म दे गई कभी नहीं सुने गाय से भैंस पैदा होगी गाय गाय का बच्चा मनुष्य का, का, का मानव का बच्चा मानव ये क्या हो गया समान समान जिसमें दूसरा नियम है समानता में भीता नहीं ये तो हम लोग जान रहे हैं मानव का बच्चा मानव ही पैदा लेगा जानवर के बच्चे जानवर पक्षी का बच्चा पक्षी कौआ है तो कोई लेकिन उसमें भी अंतर है एक मनुष्य का कौजन देना गौर से देखेंगे तो कुछ नहीं तो अंगूठा तो अंतर हो है अंगूठा दूसरे से नहीं मिलेगा नहीं बनता है तो अंगूठा लेता है जा जा जा जा भी, दिल भी गया नहीं तो ये कहता है शारीरिक मनुष्य मनुष्य अलग अलग अलग कुछ कुछ रूप से भी अलग है भावनात्मक रूप से भी अलग है हर तर तरह से वो कुछ न कुछ दिखाई देगा कर रहे जैसे का का जो आ, दौण। ने दौण। ने दौण। है गमन है करना बाप एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होता है हो जाता है ठीक है न हो सकता है कि अभी मेरे बाल बच्चे हैं अगर हम गोरे रंग के हैं मेरी पत्नी भी गोरी रंग की है और बच्चा अगर सांला रंग का क्या उसका क्या कारण हो सकता है सकता है दादा या नाना या यादा पर वाई। वाई। वो कभी होंगे वो दबा रहा है जिन में उसका वो प्रकट नहीं हुआ आके वो पोता में या पर पोता में या पर, में या पर में में वो क्या हो गया वो वो जीन अपने डोमिनेंट कर तो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफर होता है तो वो क्या कहता है तो जो जो बाल विकास का का है है दूसरा पर्यावरण उसमें दो तरह दो, दो क्षेत्र पहला और दूसरा ये क्या कहना चाहता है ऊंट देखते जलवायु में इस मौसम में इस भौमानी परिस्थिति में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है वो ऊंट वहीं रह सकता है जहाँ पानी की कमी है बालू ही बालू है कटीले झाड़ी है।, है।, है उसको खाता है उसको खाता है। उसके पैर क्या होते हैं गद्देदार रहते है। अगर ये कंकड़ी जगह पर चलेगा तो चल नहीं पाएगा। बालू पर आराम से जहाँ हम नहीं चल पाते गाय भैया नहीं चल पाएंगे वहाँ आराम से चलेगा और जहाँ गाय है जानवर हमारे यहाँ फसलियाँ आराम से चलती है वहाँ हम आराम से तो ये क्या करता है प्रकृति प्रकृति कैसे प्रभावित करती है तो बच्चों को भी प्रकृति प्रभावित करती है अगर बहुत अच्छा बहुत नेक बच्चा है बहुत सीधा साधा बच्चा है उसको अगर वो वैसे माहौल में रख दिया गया जहाँ हमेशा चोरी डकैती मार, मारपीट झड़वा झंझट का माहौल है तो क्या करता है हो सकता है कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है वो बच्चा वो को भी तो प्रकृति उसको प्रभावित कर बच्चा बहुत स्वस्थ है वो दीन में है जहाँ कहता है कि बहुत अच्छा है माता पिता से बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिला है लेकिन वो ऐसा घर में जन्म ले लिया कि वहाँ उसको खाना सही ढंग से बेचारे को नहीं मिल रहा इसे गरीब घर में जन्म ले लिया तो उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो क्या होगा दिन में होते है उसका विकास पुर्ण। ये प्रकृति का और दूसरा कहता समाज का जो तो पहले जो उदाहरण अगर एक बच्चे को आप साधु संघ के पास छोड़ दें अच्छे समाज में छोड़ दें अच्छे लोगों के दिन में छोड़ दें तो वही सीखेगा उस तरह से उसका पूरी संस्कार और एक बच्चा है जो कि उसको उस तरह के माहौल में अच्छे जहाँता संस्कृति नहीं है उस माहौल में रहेगा तो वहां उस तरह से उसका नक्शा हो जाएगा उसके उसका हो सकता है कि तो ये बच्चों के विकास में दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती हैं भाव प्रोग्राम बेहद प्रश्न हो सकता है बाल विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुकरण से प्रभावित होता है कारकों से प्रभावित होता है दोनों से प्रभावित होता है दोनों में से किसी नहीं से नहीं। हमारा प्रश्न क्या होगा अगर पूछ देगा कि एक बच्चा बहुत लंबा हो गया है और दूसरा बच्चा उसका कद बहुत कम है तो बाल विकास के किस नियम उस पर लागू हो रहा है किस किस आधार पर ये ऐसा हो रहा है आधार पर कि क्या होगा तो है ठीक है ना तो हम लोग जाना अभी तक कि बाल विकास के परिवर्तन बाल विकास जब होते हैं बच्चों में तो उसका परिवर्तन कितनी क्षेत्रों में होता है किस तरह से होता है और परिवर्तनों का वो बाल विकास आधार दो वो क्या आधार है में वर्षाक्रम है समान समान को जन्म देने का नियम है ठीक है समानता में विभिन्नता होती है समान तो होते हैं लेकिन हर बच्चे में है। और प्रत्याग्रमन में गुणों का ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का क्षमता होता है ट्रांसफर होता है और पर्यावरण का नियम है चाहे उसका लालन पालन खान अगर सही हुआ तो उसका विकास अच्छे ढंग से होगा अगर खान पान लालन पालन सही नहीं हुआ तो उसका विकास नहीं होगा समाज में अगर तो अच्छे समाज में अच्छे सोसाइटी में बच्चों को रखा जा रहा है तो उसमें अच्छी आदमियों का विकास होगा अगर गलत संघ में वो जा रहा है गलत माहौल में जा रहा है तो उसमें खराब आदमी होने से बनता है समाज है जो खान का जो बात करें प्रकृति का कैसे प्रकृति है चूँकि वो शरीर में प्रभावित करना है हम लोग बात किया बच्चे क्या है बच्चे दो बच्चे दो चीजों के मेल से या कोई भी हम भी क्या चीज से बने हैं दो एक तो दिखता है तो दिखता नहीं है दिखता क्या है आंतरिक दिखता क्या है हमारा शरीर दिखता है नाक कान हाथ पैर सब दिख रहा है सर दिख रहा है घर दिख रहा है दिखता क्या नहीं है अंदर का का जो है कह रहे कि नहीं दिख रहा है छोटी हाँ नहीं दिख रहा है वो भी दिख सकता है हमारा शरीर का ये दो भाग एक प्रकृति और दूसरा आध्यात्मिक कहिए या ऊर्जा तो क्षेत्र कहिए ठीक है जैसे इस पंखे को अगर यहाँ बल्ब लगा, लगा हुआ है तो दो भाग एक तो पंखा बल्ब जो दिख रहा है और दूसरा चीज जो दिख नहीं रहा है ये क्या नहीं रहा बिजली ऊर्जा नहीं दिख रही लेकिन तो है लेकिन ऊर्जा ही मुख्य है ऊर्जा जब तक नहीं तो बेकार हुआ है डब्बा टीवी है तो डब्बा रखा हुआ तो है तो कुछ नहीं है उसी मेरा मेरे के अंदर से, वो ऊर्जा अगर निकल जाए तो क्या बजेगा ये बोलते हैं जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ इसमें दफड़ा दो पंखे में तो गंध नहीं आता इसमें तो गंध तो ये जो दिख रहा है वही हम हैं कि इसके अलावा भी कुछ है इसके अलावा वो ऊर्जा है वो बिजली की चलाता है अब उस ऊर्जा में और हमारे अंदर हम जो ऊर्जा है उसमें क्या अंतर है उस ऊर्जा में सोचने का निर्णय करने का आदते बनाने का उसमें उसमें क्षमता नहीं है मन बुद्धि संस्कार उस ऊर्जा में नहीं इसलिए उसको जब हम पीपेंगे तो चलेगा बंद करेंगे तो जाएगा लेकिन हमारे अंदर जो ऊर्जा है या हम कहें कि हम ही ऊर्जा हैं अभी हाँ वो ऊर्जा है उस ऊर्जा में क्या है कि हम खुद से अपना निर्णय लेते हैं सोच समझ सकते हैं कि चलो अब सवा दस हो गया क्लास में जाना है उठ के आगे को वो बोर्ड जैसा हमको तो बटन नहीं दबाया कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया मेरे अंदर अब बुद्धि का टाइप करना है दो लाइन आउट कर लेते हैं पांच मिनट बाद बुद्धि ने कहा तो मैं पांच मिनट बैठ गया है और उसके बाद आ गया यहाँ तो क्या है हमारे अंदर मन है बुद्धि है भाव संस्कार है हम जो भी कार्ड करते हैं बार बार लोग तो करते हैं तो मेरी आदत में वो फील हो जाता है काम तो बार बार बजेगा तो आदत जो इसे है संस्कार है मन है बुद्धि तो हम क्या है मन बुद्धि संस्कार है की यह सर निकलने वाला शरीर है सरदे करने से इस जन्म भर है पचास साल साठ साल सौ साल सत्तर साल कोई सा उसके बाद ये शरीर लेकिन वो जो ऊर्जा हम तो हैं? जो इस मुंह के द्वारा बोल रहे हैं इस के द्वारा देख रहे हैं इस कान के द्वारा सुन रहे हैं, वो हम ऊर्जा है, है।, तो है।, है, है।, तो है। क्योंकि तो शरीर तो छोटा है बाकी मन बोध ही संस्कार हो सकता है अच्छा अच्छा हो उसमें जो की समय आने पर वो पर कट जाएगा। तो हमारा काम क्या है ये नहीं मानना है कि हम तो बहुत बड़े सागर हैं और वो एक लोटा है अपने सागर में से उस लोटे को ऐसे भर देना नहीं ये नहीं सोचना है हम क्या हमें क्या सोचना है कि वो बीज है उसको उचित मिट्टी दो धान के लिए अलग मिट्टी गेहूँ के लिए अलग मिट्टी है हमें पहचान करना है उस बीज को और उसको उस तरह के मिट्टी में डालना है उचित समय पर उसको हमको पढ़ाने का खिलाने का खिलाने का सारा माहौल देना है ताकि उसके अंदर जो तो प्रतिभा आएँ उस बीज के अंदर जो सारी चीजें हैं वो बाहर निकलें और अपने क्षमता के अनुसार अपने रुचि के अनुसार अपने गति के अनुसार वो विकास करे। यही ना है बच्चा बच्चा क्या है शरीर के साथ साथ एक चैतन्य बीज है एक ऊर्जा है जिसके अंदर मानी प्रति और सं है तो समझते तो मतलब क्या है शरीर में हमारी प्रकृति है पाँच तत्व बोलता है आध्यात्म बोलता है पाँच तत्वों से बना है क्षित जल पावा गण अब विज्ञान कहता है 105 तत्व कैल्सियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन पोटेशियम क्या, क्या क्या है वही तत्व से बना हुआ है शरीर रिसाइकल होता है हमारा आत्मा जब ऊर्जा निकल जाएगी तो सड़क मिट्टी में मिल जाएगा फिर से नया शरीर तैयार होता है माँ के घर से उसमें आके फिर वही ऊर्जा फिर प्रवेश करती है तीन महीने चार महीने के बाद जब दर्द बच्चा पैदा उसके बाद वो तो बच्चा में क्या होता है वो बोलता है कम कम हुआ जान आ गया जान आ गया क्या होता है वो आत्मा प्रवेश करती है दूसरे शरीर को छोड़ के उस, उस प्रवेश करेंगी तो जब हम बाल विकास की बात कितन सुंदर कितन स्वस्थ शरीर है अगर इसके अंदर से वो ऊर्जा शक्ति निकल गई तो यह शरीर है ऊर्जा इसके अंदर है आत्मा है जो कि इसको अब हमको डेवलप उसको उचित तो माहौल देना है ताकि वो इन सारे चीजों में विकास कर ठीक है ना प्रकृति में क्या होगा मेरा शरीर भी प्रकृति है हवा भी प्रकृति है जल भी प्रकृति है वायु प्रकृति है नदी तालाब खाने की जो तो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें प्रकृति है और समाज क्या है जो हम देखते हैं शिक्षक हैं बच्चे हैं स्टाफ हैं, गाँव के लोग हैं समिति के लोग हैं ये सारे लोग क्या हैं? समाज है घर के परिवार हैं, ये सारे क्या हैं? समाज है तो बच्चों को विकास दोनों प्रभावित करता है हवा मिटी जल खाना कपड़ा वो तो भी प्रभावित करता है जलवायु भौगोलिक स्थिति वो सब प्रकृति हो गया वो भी प्रभावित करता है बच्चों का विकास समाज किस समाज में किस परिवेश में अलग ठीक है ना ये हो गया नहीं अब हम लोग बात करते हैं बाल विकास के इसमें तो तो तो है धन्यवाद चौथी कड़ी के अंतर्गत बाल विकास का तीसरा भाग समाप्त हुआ अगले भाग में हम जानेंगे बाल विकास के सिद्धांतों